आप तो तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube में में में वीडियो वीडियो नहीं के साथ आज इस हेलो फ्रेंड्स एक नए जो वैकेंसी के साथ हम आपके साथ वीडियो लेके आए हैं हमारे चैनल पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें बेलाइकन दबाए कमेंट करें ये बहुत अच्छी बढ़ती हैं जो कि दोस्तों जय भारत मारुति कंपनी की ओर से निकल के आ रही हैं जो कि इसका प्लांट गुजरात के अंदर है दोस्तों बहुत ही अच्छी कंपनी है और सैलरी भी अच्छी दे रही है जितने से ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें भाग ले सकते हैं जितने ले बेस्ट ऑफ लग दोस्तों और हम इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखाने जा रहे हैं दोस्तों जो कि देख सकते हैं आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाने से पहले एक बार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो बेल आइकन दबाओ घंटे का निशान को प्रेस करो दोस्तों हेलो फ्रेंड्स वी प्राइवेट आईटी राजगढ़ चूरू से जय भारत मारुति लिमिटेड अहमदाबाद के द्वारा दिनांक पाँच अक्टूबर 2021 को कैंपस इंटरव्यू आयोजित किया जा रहा है जो कि वी आईटी द्वारा ये डाला गया नोटिफिकेशन है दोस्तों वी प्राइवेट आईटी राजगढ़ चूरू में जय भारत मारुति लिमिटेड अहमदाबाद द्वारा दिनांक पाँच अक्टूबर दो को कैंपस इंटरव्यू आयोजन किया जा रहा है इसमें इलेक्ट्रीशियन वेल्डर, फिटर आदि व्यवसाय से 18 से 30 वर्ष तक के पास पास आउटर विद्यार्थी को कैंपस इंटरव्यू में सफल होने का निश्चित प्रदान की जाएगी इन पदों में पदों हेतु कंपनी द्वारा सत्रह रुपए प्रति महीना दिया जाएगा इच्छुक विद्यार्थी अपने सी प्राइवेट आईटीआई राजगढ़ चूरू में दिनांक पाँच अक्टूबर 2021 को प्रातः नौ बजे सभी दस्तावेजों के साथ उपस्थित हुए आईटीआई छात्रों के लिए बहुत ही अच्छी बहुत ही अच्छा मौका है कंपनी नेम जे भारत मारुति लिमिटेड क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है फ्रेंस आईटीआई पास आउट ट्रेड इलेक्ट्रीशन वेल्डर फीटर इसमें तीन ट्रेड इजिबल हैं और एज लिमिट 18 टू 30 ईयर से जेंडर मेल ओनली मेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं सैलरी एंड बेनिफिट सैलरी की बात करें दोस्तों तो 17000 हज़ार पर मंथ रहेगी फैसिलिटी ऑल फैसिलिटी कंपनी प्रोविडेड यानी कंपनी में जो फैसिलिटी है वो सब मिलेगी डॉक्यूमेंट रिज्यूम टेंथ मार्कशीट आई टी मार्कशीट आधार कार्ड पैन कार्ड पासपोर्ट साइज पांच फोटो कैंपस प्लेसमेंट एड्रेस वी आई आई राजगढ़ चूरू, राजस्थान कैंपस प्लेसमेंट डेट पाँच अक्टूबर दो हजार इक्कीस टाइम मॉर्निंग नौ बजे ये वी सी का लेटर है जिसके अंदर बताया गया है कि उसमें ये वहाँ के प्रिंसिपल के सिग्नेचर हो रखे रखें इसमें कांटेक्ट नंबर भी हैं जो भी इच्छुक विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है कांटेक्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें बेस्ट ऑफ लग फ्रेंड्स अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाए घंटी दबाए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बंदों के पास जाएँ ताकि जो बेरोजगार विवाह साथी हैं उनको भी जॉब की तलाश है उनको जॉब मिलने में आसानी हो जाए आपका एक शेयर उनके लिए जॉब जॉब के लिए बहुत बड़ी बात है वो